नहीं इस दिल पर किसका जोर है तेरी यार खिंचा जा रहा हूँ जाने कैसी डोर है हाँ दिल है कि मानता नहीं इस दिल पर किसका जोर है? चलो हम तो चलो दीवान ही पर अपनी बताओ कौन तुम तो तो ये फैसला जो दिल ने किया ये फैसला जो दिल ने किया ये फैसला जो दिल